सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल डायरेक्ट अटैक प्रो तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल के ऐप आइकॉन्स और फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें सो so, फ्रेंड्स इसके लिए सिंपल आप सेटिंग्स में चले जाइए सेटिंग्स में जाकर उसमें उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें सर्च कीजिए स्मॉलेस्ट बिट स्मॉलेस्ट बिट दोस्तों आप स्मॉलेस्ट बिट का साइज जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको ऐप आप आइकॉन आप छोटे हो जाएंगे और जितना ही कम रखेंगे उतने ही बड़े हो जाएंगे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको करके बताता हूँ फॉर एग्जांपल 200 सेट किया मैंने और देखिए फ्रेंड ये थ्री आ गया ओके okay, वो मिनिमम जितना लेना है उतना ही लेगा देखिए फ्रेंड्स एकदम ऐप आइन्स एकदम बिग साइज़ के हो गए अब देखिये फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये एट हंड्रेड रखे हैं अब तो देखिए फ्रेंड एपउंस एकदम स्मॉल हो चुके हैं तो फ्रेंड्स आप जितना कम रखेंगे उतना साइज ज्यादा होगा जितना साइज ज्यादा रखेंगे उतना साइज कम होगा ये थोड़ा रिवर है इसका और देखिये फ्रेंड्स आप एक बार भी एकदम छोटा आ रहा है